बिजली विभाग की मनमानी से आम लोगों के साथ विपक्ष और भाजपा नेता भी अब परेशान है नर्मदापुरा में तो हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक सीता शरण शर्मा को अपनी सरकार के सिस्टम के खिलाफ मुर्चा खोलना पड़ रहा है नर्मदापुरम ने बिजली विभाग में पदस्थ डीजीएम अंकुर मिश्रा पर दुमन गजभ द्वारा गलत तरीके से की जा रही कार्रवाई और नागरिकों से अभद्रता के खिलाफ विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा बिजली कंपनी के महाप्रबंधक दफ्तर परिसर में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे विधायक को धरने में शहर के लोगों का भी जन मिला बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पहुँचे और बिजली कंपनी की मनमानी का विरोध किया जिन कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र व्यवहार की शिकायत और यदि वो टेम्प्रेरी कर्मचारी है तो उनको काम से हटाया जाएगा यदि स्थाई है तो उनको नोटिस देकर के उनके खिलाफ कार्यवाही जांच अपराध हां टैंपरिंग कैसे की जा रही वो तो तार लगाते हैं अंदर। पर तो कौन कर रहा है? कोई भी आदमी बिना जानकार के टैंपरिंग नहीं कर सकता ये जितने खड़े आप पत्रकार आप भी आपसे कहो टैंपरिंग कर लेंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि मालूम नहीं है और बीटर में हाथ कौन लगाए तो इसलिए निश्चित ही कोई जानकार हैं और वो विभागीय ही हो सकते हैं और यदि इतनी बड़ी संख्या में टेम्परिंग निकल रही है तो विभाग के डीजीएम अंकुर मिश्रा भी उसमें जिम्मेदार हो सकते हैं अधिकारियों के व्यवहार की बात हो गई है और आगे से निर्देश दिए जाएंगे की अच्छा व्यवहार करें इससे पहले गुरुवार को बिजली कंपनी के जी परिहार विधायक शर्मा से मिलने इटारसी पहुँचे लेकिन बात नहीं बनी बिजली विभाग का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना है की विधायक शर्मा को सड़क पर उतरना ही पड़ा बाद में बिजली कंपनी के जीएम के आग्रह पर विधायक शर्मा ने बिजली कार्यालय में बैठकर चर्चा कर जन समस्याओं का शीघ्र निदान करने को कहा मीटर टेम्परिंग के लिए मैं हमारी जो टीमें हैं वो लगातार उपभोक्ता जिसके यहाँ मीटर टेम्पर मिलता है उससे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं की कि टेम्परिंग किसने की बहुत सारे उपभोक्ताओं ऐसी ये जानने का प्रयास किया गया पर कुछ एक दो उपभोक्ताओं द्वारा नाम बताने के लिए तैयार हुए उन्होंने नाम दिया है उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ हमने पुलिस में प्रकरण पंजीकृत करवा दिया है तीन महीने पहले लगभग प्रकरण पंजीकृत किया हुआ है और उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है